फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको एक मार्केटिंग चैनल बनाना है कि किस तरह आपको मार्केटिंग करनी है आपको डॉक्टर्स के थ्रू जाना है या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जाना है जेनिक में जाना है एथिकल में जाना है वो डिसाइड करना उसके बाद आपको अपना कस्टमर रोकेट करना है अपनी मार्केटिंग चैनल के बेसिस पे आपको अपना कस्टमर लोकेट करना है कि आपको कस्टमर कहाँ पे मिलेगा उसके बाद एक आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है उसके बाद आपको प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देना है कि कैसे आप अपने ब्रांड को और अपनी कंपनी को प्रमोट कर सकते हो फिर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना है कि कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने एंड कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट फिर आपको सेल्स कॉल पर ध्यान देना है अगर डॉक्टर्स पे करे तो डॉक्टर्स पे सेल्स कॉल करनी है अगर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी चाहिए या आपको जिस भी वे में आप मार्केट चैनल में जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको सेल्स कॉल करनी है फिर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है इसका आपको आपको लगातार करना है ये नहीं है कि आपको एक दो बार करके उसको छोड़ देना है। और फिर लास्ट में आपको धैर्य रखना है पेशेंस रखना है क्योंकि पेशेंस बड़ा जरूरी है लंबे टाइम तक टिके रहने के लिए और लंबे टाइम में ही आपको सक्सेस मिलेगी ये ओवरनाइट आपको नहीं मिलेगी